हेलो दोस्तों कैसे आप लोग आशा करते हैं मजे में होंगे तो दोस्तों आज नए तो दोस्तों आज की शूडियो में हम बताने वाले हैं कि यूट्यूब सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए तो दोस्तों आज इस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं और दोस्तों आज के जो भी नया उनकी लिंक हम गिफ्ट करते हैं ताकि दोस्तों तो दोस्तों अब लोग हम दोस्तों दो ही दिन दो दिन तक वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि दोस्तों हम लोग गाँव जा रहे हैं ट्रेन में तो दोस्तों हम लोग ट्रेन में वीडियो नहीं बना सकते तो दोस्तों इसलिए दोस्तों हम लोग दो दिन वीडियो नहीं बनाएंगे तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो स्टार्ट करने दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना ताकि दोस्तों जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास आते रहे तो दोस्तों चलिए चलते फोन की स्क्रीन पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग फोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं तो दोस्तों अब आपको जाना है दोस्तों सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है दोस्तों प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है सर्च बार पर टैप करना है दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है यू दोस्तों यूसप सर्च करते हैं दोस्तों आपके सामने कुछ आएगा तो दोस्तों इस वाली अपलिकेशन को आपको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है करने के बाद दोस्तों आपको पर साइन साइन कर कर लेना है है मैंने पहले से ही कर लिया है। तो दोस्तों आप, आप, तो आप, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे सेकंड्स चल रही है तो दोस्तों इस सेकंड्स को पूरा होने देते दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमारी सेकंड पूरी हो गई है तो दोस्तों अब आप आपको यहाँ पर इसको सब्सक्राइब कर लेना है फिर दोस्तों आपको में पर क्लिक कर देना है फिर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें कोइंस मिल चुके हैं तो दोस्तों इस तरह से आपको कोइंस इकट्ठा कर कर कैंपिंग में जाना है प्लस के आइकन पर क्लिक करना है यहाँ पर अपने यूट्यूब वीडियो का लिंक डालना है दोस्तों यहाँ पर आपको लिंक डाल देना है दोस्तों मैंने पहले से डाल रखा है दोस्तों दोस्तों ये आ हैं इसको कर देते यहाँ पर मेरी तीन वीडियो दोस्तों इनमें से, से मैं कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ कोई भी एक वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीच। वीच। ले लेना है अगर दोस्तों आप सब्सक्राइब चाहो तो पहले भी आप सब्सक्राइब पर क्लिक कर सकते हो दोस्तों आपको यहाँ पर सब्सक्राइब वीप्स दोनों ही मिलेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक हज़ार कोइंस मांग रहे हैं वीप्स या सब्सक्राइब पर वीप्स दोनों पर तो दोस्तों जब आपके पास एक हज़ार कोइंस हो जाएंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर कैंपिन लगा सकते हो तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और दोस्तों आज के जो विनर है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में और दोस्तों आप भी विनर बनना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना और कमेंट कर देना कोई भी प्यारा सा और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है लाइक करना है वीडियो को और तो, दो, तो दोस्तों आप विनर बन जाओगे हंड्रेड परसेंट दोस्तों बाय बाय